ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है दौलत दोस्त पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि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 सरल को कठिन बनाना आसान है परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है